lige taiyariyan ab dola ban ke lakhon jo daam ho ya tere kaaten kanna deve jit pipal pattiyan bahe chuda khn ke tu hi mann mein matr humsafar i can never think that i love you no know me Your love is in my heart and in my blood Tu rahe na mila with you bulawe tujhe yaari aaj meri galiyan basao tere दे दे मेरा है बस यारा। इश्क है क्या है लुट रो का लुटे हज हरा तेरा हुआ है जो मेरी जान से बना जी हसी चांद का